और चला जा शानों की राख उड़ाते चले हैं उदानी सृष्टि के किरदार साथ में ब्रह्मा जैसे ज्ञानी हो शंकरा में शमशानों की राख उड़ाते चले हैं उगड़दानी सृष्टि के किरदार साथ में ब्रह्मा जैसे ज्ञानी जटा गंग की धार शंकर बड़े बड़े दादार शंकरा, शंकरा मच गए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 शंकर के जयकार के बाराती बन के आगे देवता सारे बीड़ा धार्मिकूंजे शंकर के जयकारे भोड़े के बाराती बन के आगे देवता सारे बाजे ढोल रंग शंकरा बाजे डमरू शंख शंकरा छोटू जन yeah. yeah.